भारत से दुबई जाना हो तो हम जाते हैं फ्लाइट से क्योंकि ट्रेन तो जाती नहीं है इसीलिए यूएई की सरकार चाहती है कि अब मुंबई और दुबई के बीच में ट्रेन चलनी चाहिए और वो भी कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं बल्कि हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन और इसके लिए दुबई मुंबई तक 2000 किलोमीटर की एक अंडर वाटर टर्नल बनाने का प्लान बना रहा है तो अब सवाल आता है की जब फ्लाइट ऐसी तीन या चार घंटे में दुबई पहुँचा जा सकता है तो ट्रेन चलाने के लिए इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है तो मजेदार जानकारी देंगे इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए अब ट्रेन की टर्नल बनेगी तो उसके साथ दो पाइपलाइन भी बनेगी एक पाइपलाइन से दुबई से तेल भारत आएगा और दूसरी पाइपलाइन से पीने का पानी भारत से दुबई जाएगा तो असली मामला ट्रेन चलाने का नहीं है बल्कि तेल बेचना और पानी खरीदने का है